जो जिंदगी में आप चाहते हैं अगर पाना तो आपको वो सब करना पड़ेगा मेरे भाई जो आपको अच्छा नहीं लगता आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता अच्छा क्या नहीं लगता रोज दो घंटा किताब पढ़ो मैं कहता हूं कोई नहीं पढ़ता क्योंकि अच्छा सफलता को तो तुम्हारे अच्छे लगने से मेरा देना